सारी मेरे पास मेडिक खत्म हो चुकी है अभी इतने में भी डैमेज सिर्फ एक गोली के लिए बचाऊँ मैं अगर उसने गलती से भी मुझे देख लिया तो मैं तो गया खत्म खत्म हुआ हुआ भाई मैं मैंने कैसे मैंने कह सकता भूया कर लिया ना तो आप लोग को फटाक से सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो लाइक भी करना पड़ेगा वीडियो को यार कैसे करूँ मुझ समझ नहीं आ समराज की तरह पीछा कर रहा है मेरा यमराज भी छोड़ देगा इतने में तो अभी खैर इस बंदे को भी शायद पता नहीं है मैं कहाँ पर हूँ शायद काश मेरा के यार है एच मेरा यार अभी अभी आगे पास में आ गया तो मैं गया है बचा लो बचा लो ओ oh पू